नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इंटनीट दोस्तों आज प्राथमिक शिक्षक से जुड़ी हुई अभी अभी जस्ट एक खबर आई है बहुत जबरदस्त यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है जी हाँ एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा जैसा की आप हमारे स्क्रीन आरोप देख रहे हैं ये शिक्षा विभाग का एक वेबसाइट है दिनांक पांच जुलाई दो हजार इक्कीस जुलाई दो तक काउंसिलिंग कराए जाने वाले नियोजन इकाई से संबंधित यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के माध्यम ऐसी आप जैसा की देख रहे हैं की जुलाई दो है और यहाँ पर आपको लॉगिन करके इसी में आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा लेकिन हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि आपको जिस भी बिहार के अड़तीस जिलों में से जिस जिले का आपको सर्टिफिक काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए वहाँ पर आपको ये पूरा मिल जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ थे कि यहाँ का काउंसिलिंग शेड्यूल यहाँ का काउंसलिंग शेड्यूल का का कब काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ मिलेगा तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से पूरा काउंसलिंग हर जिले के देखिए से आप सभी जिला अररिया अरवल औरंगाबाद वहां का भागलपुर भोजपुर बक्सर गया गोपालगंज जमुई जहानाबाद कैमूर कटिहार खगड़िया किशनगंज लखीसराय मधेपुरा मधुबनी मुंगेर मुजफ्फरपुर नालंदा नवादा अदर पश्चिम चंपारण पटना पूर्वी चंपारण पूर्णिया सहरसा समस्तीपुर सारण शेखपुरा शिवहर सीतामढ़ी सीवान सुपौल सभी डिस्ट्रिक्ट जैसे हमको मान लेते स्टूडेंट हमको जैसे नवादा कहाँ देखना जैसे ही नवादा पर आप क्लिक कीजिएगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पी फॉर्मेट के रूप में अपलोड हो रहा है यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पी के रूप में फाइल अपलोड हो रहा है ठीक है देख रहे हैं धीरे धीरे फाइल लोड हो रहा है आप जिस भी बिहार के जिस जिले का आपको लोड करना है आपको पी फाइल के रूप में बनाकर करके तो उसको देखना है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और हम बता रहे थे कि शिक्षा विभाग एक और व्यवस्था किया है कि जिस दिन शिक्षा काउंसलिंग होगा सभी जगह पर देखिए यहाँ पर आपका लोड हो गया हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके हम आपको दिखा देते हैं इसमें पूरा आप कहा गया देखिए विभागीय अधिसूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा विभागीय अधिसूचना पर इतना इतना और आप इसमें देख सकते हैं तो पूरा इसमें काउंसलिंग का पूरा डेट देखिए यहाँ पर मित है आप देख सकते हैं नगर परिषद नवादा नगर पंचायत वारसलीगंज नवादा प्रखंड हिसुआ प्रखंड काशीचुप प्रखंड नरहट प्रखंड किस पंचायत का जो भी आपको देख लेना यहाँ पर सिक्स टू एट शिक्षक है काउंसिलिंग का स्थान उसका नाम बेसिक ग्रेड यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है आपका और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक ग्रेड वन टू फाइव आठ तारीख को जो काउंसलिंग होगा उसका कहां कहां स्थान है फिर पंचायत वाला आ जाता है आपका जो जो पंचायत का काउंसलिंग है उसी तरह से हम नीचे आपको लेकर चलते हैं पूरा पंचायत का काउंसलिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप पूरा इसमें आपको नीचे तक आप विवरण देख सकते हैं जिस जिस पंचायत में दिव्यांग कैंडिडेट ने अप्लाई किया वहाँ का कुछ नहीं होगा तो ये बहुत अच्छा बात है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ से हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी के लिए एक आपको जो वेबसाइट बनाया गया ये बहुत अच्छा कर, कर दिया गया है सभी जिला के लोग इस पर आप जरूर जाकर के अपने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल देख सकते हैं कहाँ पर कब काउंसलिंग होने वाला है या वेबसाइट है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके पहले स्टूडेंट इस हमने अभी बहुत तुरंत एक हमारा इससे पहले वाले एक वीडियो में हम आपको बताए हैं कि आपको टेस्टमोनियल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को कैसे एक्सटेंड करवाना है जो मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर दिया हुआ है या मगध यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा तो उसके लिए पूरा प्रोसेस और कैसे का डॉक्यूमेंट्स का मैं कॉपिक नमूना कॉपी आपको वेबसाइट पर लगा दिया हूँ और आपने यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट कर दिया हूँ तो वहाँ पर जाकर के आप जरूर देख लें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी या फिर कोई प्रकार का डाउट ना हो तो स्टूडेंट बहुत जरूरी है जो कि कैंडिडेट काउंसिलिंग कराना चाहते हैं क्योंकि सोमवार से काउंसिलिंग का शेड्यूल शुरू है जो पाँच तारीख से बारह तारीख तक चलेगा तो इन बीच में जिनको भी कोई डाउट्स है तो हमारे चैनल पर बने रही हर समय हम आपको अपडेट देते रहेंगे हर जो भी अपडेट आपके रहेगा शिक्षा विभाग से वो देते रहेंगे बहुत सारा अपडेट आप हमको आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा आप इस इससे हमारे पुराने वाले वीडियो में हम इस पर आपको लिंक दे देते हैं यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर तो उस वीडियो के लिंक को जरूर चेक कर लीजिए जिसमें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट टेस्टमोनियल सर्टिफिकेट और डिग्री में क्या लोचा हो रहा है जिसको समझने में आपके पास सावधानी होगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट की प्रोविजनल क्या है टेस्टमोनियल क्या है डिग्री क्या है और और इसमें जो एक्सटेंड किया गया है वो डेट वो कैसे कर दिया गया है क्या सबके लिए हो गया उसी को रखना है इसके अलावा आपको नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है दो हजार उन्नीस का ही चलेगा आप उसका कॉपी रखिए जो आपने अप्लाई किया था साथ साथ सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को रखिए अपने साथ और जिनको जिस जगह का देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं कहीं कभी आपको देखना है आप देख सकते हैं जिनको ब्याह का देखना है सभी जिला को सेलेक्ट करिए और आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कर दिया गया है जैसा बताया गया था कल शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक महोदय डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा कि आपको अपडेट दे दिया जाएगा और आप चाहे तो ट्विटर पर भी इससे लिए जुड़ सकते हैं ट्विटर पर हम आपको मिलते रहेंगे ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर लिए आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं देखिए हमारा ट्विटर हैंडल है इस पर आप हमें मिल सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आप हमको या जो भी फॉलो करना है कर सकते हैं देख लीजिए स्टूडेंट ये हमारा ट्यूटर का है ठीक है ये ट्यूटर है आप हमारा ऑफिशियल इस पर आप हमें मिल सकते हैं इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं ट्यूटर पर आप हमारे सवाल को भी पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल है वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर जो भी है आप हमसे सीधा तौर पर पूछ सकते हैं कि आपको कुछ भी डाउट्स है आप हमारे साथ दिन भर बने रह सकते हैं इस चैनल पर और हम आपको जो भी अपडेट रहेगा वो देते रहेंगे स्टूडेंट यहां पर हम आपके लिए बहुत जो भी कोशिश हो रहा है हम कर रहे हैं ठीक है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा सभी के लिए जो भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे आ सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका नालंदा जिला का एक पी खुल गया यहाँ पर आपको नालंदा जिला का पूरा काउंसिलिंग का शेड्यूल मिल रहा है देख सकते आपको प्रखंड बाय प्रखंड बहुत अच्छा से दिखाया गया है नालंदा जिला का पटना जिला का जो बहुत सारे लोग कह रहे थे पटना का नहीं मिल रहा तो ये सब बहुत अच्छी बात है और यदि किसी को कोई जानकारी है डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर भी तो आप सवाल पूछ सकते हैं सबसे बेहतर होगा कि आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर लो ट्विटर पर अपने सवाल का हम आपको कोशिश कि हर सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया जाए तो ये वेबसाइट आज लॉन्च हो चुका है और जिस दिन काउंसिलिंग होगा उस दिन वहां पर एक हेल्प डेस्क बना हुआ रहेगा सेंटर पर और आप लोग हेल्प डेस्क पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई त्रुटि है तो आप हेल्प डेस्क पर जाकर के वहां पर कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है आप ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का कहना सर्टिफिकेट जमा करना अगर आपको लेना है आपको क्लेम करना है तो आप वापस ले सकते हैं ऐसा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट ये जो देख रहे ये वेबसाइट बहुत अच्छा है शिक्षा विभाग का यहीं पर आपका क्लिक हेट टू तो अप्लाई ऑनलाइन जिस कैंडिडेट्स का मेघा सूची में चयन होगा यानी कि जो कैंडिडेट मेरिट में आएंगे उनका सर्टिफिकेट इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तो आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फिनिटी और मैं अभी अपने चैनल पर इस अपडेट को यहीं समाप्त करता हूं। जैसे कुछ भी अपडेट आएगा आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी आप के ग्रुप में है सभी को शेयर कर दीजिए जिनको प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक उच्च प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक किसी भी तरह के शिक्षक नियुक्ति में अगर उनको कोई परेशानी होते चलिए आज की वीडियो को हम अभी समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो